वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का कर स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिटर ट्रेड थ्योरी का एक मेजरिंग टूल के लाया हुआ हूँ जो कि जेनिकल कैलीपर्स है इस कैलीपर्स का तीन तरह से इसका नाम है आउटलेक कैलीपर हारमोफ्लोराइड कैलीपर वन लेग पॉइंट लेपर इसको तीन नामों से जाना जाता है ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है पिन से से पॉइंट तक की दूरी से लिया जाता है। है? इसके बाद में इसका कार्य क्या होता लाइन खींचने के काम में आता है तथा यह हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या है वर्जाकरण बैंडलेग टाइप चेनी ये ये एडजस्टेबल मतलब इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और हील टाइप बाहर की ओर मुड़ा होता है मतलब इसका है। इसका एरिया बाहर बाहर की की ओर ओर मुड़ा मुड़ा होता होता है है अब इससे रिलेटेड कुछ कितने अंदर या क्या काम हमने बताया लाइन खींचने के के काम काम में आता है। काम आता है, Next है। है है? तथा ये राउंड एरिया का साइज साइज लेने नेक्स्ट इसका कहां से लिया जाता मैंने आपको, है। है आपको बता दिया है कैलिपर, कैलिपर कैलिपर। तथा पॉइंट नेक्स्ट इसकी बनावट के बारे में बताइए इसका शेयर मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से ये आज का पॉइंट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का खतम हुआ कल की नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने नया इंस्ट्रूमेंट लेकर करके आऊँगा अगर ये क्लास आपको तो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वाच माय वीडियो